जय हिंद ये जीआईसी आई लेक्चर का प्रैक्टिस सेट नंबर दो है आज इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं कमेंट बॉक्स में पूछे सवाल के साथ कमेंट बॉक्स में पूछा गया था राज्य सरकार को विधिक मामलों में परामर्श कौन देता है आप स नहीं था महान्यायादी बी था एडवोकेट जनरल सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपरोक्त में से कोई नहीं तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को लगाना चाहिए था ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल प्रश्न नंबर 31 निम्न में किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा की थी ऑप्शन ए मैजनी कार्ल मार्क्स या लेलिन तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मैजनी प्रश्न नंबर 32 किसने कहा था कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों का गिरोह बन जाता है ऑप्शन ए प्लेटो बी अरस्तु, सी, सी सेंट अगस्टाइन या फिर डी जॉनलॉक बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सेंट अगस्टाइन प्रश्न नंबर 33. जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है या कथन किसने कहा है आपसे ने ने B, ने C, ने ने बी सी ब्राइस या फिर डी डी मेटलैंड मेटलैंड इस प्रश्न प्रश्न प्रश्न का का सही सही उत्तर उत्तर क्या होगा तो इस का सही है ऑप्शन नंबर चौतीस बीसवीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है ऑप्शन आइजिया बर्लिन बी सीबी मैकफर्सन सी जॉन राल या फिर चार्ल्स टेलर इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आईजीए बर्लिन प्रश्न नंबर पैंतीस जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती यह कथन किसका है ऑप्शन ए डाइसी का है बिलोबी का है लास्की का है या फिर लॉक का है बताइए ये कथन किसने कहा है कि जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने लगा लिया होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जनलॉक ऑप्शन प्रश्न नंबर 36 गांधीवादी विचारकों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं ऑप्शन ए श्रम और पूंजी में संघर्ष कार और पूजी में संघर्ष गांव और और शहर में में संघर्ष, संघर्ष। ब्राह्मण दलित प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर बताइए। तो सैतीस भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की थी ऑप्शन विनोबा भावे ने जेपी नारायण ने महात्मा गांधी ने या फिर एम एन रॉयन ने तो इस कामन सवाल है सब लोगों को लगभग पता होगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कि दलहीन लोकतंत्र की वकालत सबसे पहले जेपी नारायण ने ही की थी प्रश्न नंबर अड़तीस निम्न में किस ने चेतावनी दी थी कि भारत में वित्त पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है ऑप्शन है महात्मा गांधी बी बी आर अम्बेडकर श्री जवाहरलाल नेहरू या डी विनोबा भावे प्रश्न नंबर अड़तीस इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर प्रश्न नंबर पैतालीस दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है किसका कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन है पाइनर बीलास्की सी ब्राइस या फिर डी ओडिगार्ड तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को दिखाया होगा ऑप्शन का यह कथन है कि दबाव समूह आज्ञा दबाव समूह आज्ञात साम्राज्य है यह कथन फाइनल का है प्रश्न नंबर 40 निम्न में किसने भूमि को राज्य का आवश्यकतात्व तो नहीं माना है ऑप्शन है सुखायात बी प्लेटो सी बिलोबी या फिर डी अरस्तु बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिलोबी प्रश्न नंबर 41 मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था ऑप्शन ए मंडल सिद्धांत बी सप्तांग सिद्धांत सी शक्ति सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सप्तांग सिद्धांत नंबर 42 संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखता कैसी अवधारणा है जो संप्रभुता की अवधारणा है वह प्रमुख रूप से कैसी अवधारणा है एक राजनीतिक है विधिक है दार्शनिक है या उपरोक्त में से कोई नहीं तो संप्रभुता की जो अवधारणा है वो मुख्य रूप से या प्रमुखता से विधिक है प्रश्न नंबर 44 निम्न में से कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है इसमें आपको बताना है कौन सा सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है ऑप्शन ए किसान संगठन बी बीर्क सी श्रमिक संघ या फिर डी राज्य कर्मचारी संघ तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यंग उदाहरण नहीं है प्रश्न नंबर पैंतालीस इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास यह कथन किसका है बेकर का सीले का ब्राइस का या फिर इब्राहिम लिंकन का इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सीले मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े यह कथन किसका है ब्राइस का टल का लास्की का या फिर बुडो विल्सन का तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन आप, आप लोग लगाइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लास्की प्रश्न नंबर सैतालीस निम्न में कितने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है निम्न में कितने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है ऑप्शन ए मार्क्स बी एंजल्स C, Lenin, या फिर डी उपरोक्त में सभी तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी उपरोक्त जो सभी हैं उन्होंने वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है प्रश्न नंबर 48। किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं ऑप्शन ए हाफ्स बी टी एच ग्रीन सी लॉक या डी जेस मिल तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जान लॉक प्रश्न नंबर वन समाजवादी विचार का संबंध है किससे है ऑप्शन ए शैक्षिक समानता से बी सांस्थिक समानता से सी राजनीतिक समानता से या फिर डी आर्थिक समानता से तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को देख ही रहा है ऑप्शन डी आर्थिक समानता से प्रश्न नंबर पचास गीता बोध किसने लिखा है ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस ने बी विवेकानंद गंगाधर तिलक ने, सी ने बाल गंगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने गीता बोध महात्मा गांधी की जबकि गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य प्रश्न नंबर इक्यावन सप्ताह सिद्धांत का संबंध किससे ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था से B, आर्थिक व्यवस्था से सी न्यायिक व्यवस्था से या फिर डी राजनीतिक व्यवस्था से तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजनीतिक व्यवस्था से प्रश्न नंबर बावन निम्न में कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कला कर सकती है आप सी बी पापर सी सी लेर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बारकर तिरपन निम्न में से किसने घोषित किया है कि न्याय औचित्य पूर्णता है ए ड्यूगी, बी डाइसी, सी ब्राइस या फिर डी तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जॉनरॉल्स प्रश्न नंबर चौवन निम्न में कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते हैं ऑप्शन ए संगोष्ठी बी प्रचार सी लॉबिंग और डी चुनाव में भाग लेना जो, जो दबाव समूह है वो संगोष्ठी भी करते हैं प्रचार भी करते हैं लॉबिंग भी करते हैं लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेते हैं प्रश्न नंबर पचपन राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी ऑप्शन ए बंथम ने बी बर्क ने सी मार्क्स ने या फिर डी मिलने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बर्क दी थी सर्वप्रथम राजनीतिक दल की परिभाषा प्रश्न नंबर छप्पन तो पूर्ण शक्ति है ऑप्शन ए प्रभाव विज्ञान या फिर सत्ता तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रभाव प्रश्न नंबर सत्तावन ऑरिजन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट पुस्तक जो की राज्य उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेश करती है यह किसकी रचना है मार्क्स है लेन की है की है, या फिर एंजल्स की है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एंजल्स द्वारा लिखी गई है प्रश्न नंबर अट्ठावन निम्नलिखित में से कौन सा सही है भूमंडलीकरण का तात्पर्य किससे है अंतर्राष्ट्रीय बी संप्रभु राज्यों का अंत सी क्षेत्रवाद या फिर डी विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव प्रश्न नंबर उनसठ राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं ऑप्शन संबंध भी मनुष्य की सहाय सामाजिक प्रवृत्ति सी आर्थिक गतिविधियां या फिर डी उपरोक्त सभी तो राज्य के विकास में उपरोक्त सभी तत्व सहायक होते हैं प्रश्न नंबर साठ निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति का अवधारणा राजनीति अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है ऑप्शन ए डेबर एलनबॉल एमोस या लीकॉक तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एलनबॉल तो ये मॉक टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है अगला इसी का पार्ट क्योंकि एक सवाल आते हैं दो बचे हैं दो भी जल्दी लेकर आ जाएंगे तो पूरा एक प्रैक्टिस सेट हो जाएगा ये पुराने पेपर हैं जो दो हज़ार में पूछा गया था राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता में ये पूरा प्रैक्टिस सेट आया था तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद